हेलो गाइस क्या आपको इस व्यक्ति के बारे में पता ही होगा हर एक सोशल मीडिया पर बिना कुछ कहे छाया हुआ है क्या आपने कभी सोचा है व्यक्ति है है कौन और इतना फेमस क्यों तो आपके जानकारी के लिए बताओ इस व्यक्ति का नाम है और ये इटाली के रहने वाले हैं 2021 के सेकंड हाईएस्ट टिक टॉकर फेमस होने का कारण यही है कि वीडियो पर सिर्फ रिएक्ट करते हैं ये टू में कोरोना लॉकडाउन में उसने अपनी जॉब खो दी थी फिर वह ने टिकटॉक पर वीडियो बनाना चालू किया। सिर्फ एक्शन के द्वारा यही बताने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में ये चीज़ आसानी से भी कर सकते हैं इसके वीडियो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करना ना भूलें थैंक यू गाइस